भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के एक बयान ने एमपी में भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं बोलूंगी कि तुम लोधी हो तो बीजेपी को वोट करो मेरी तरफ से आप लोग राजनीतिक बंधन से पूरी तरह आजाद हैं। लोधी समाज अपना हित देखते हुए फैसला करे राजनीतिक मझदार में फंसी भाजपा नेता उमा भारती शराब आंदोलन के जरिए अपनी नैया पार लगाने की कोशिश में है के बड़ा बयान सामने आया उमा भारती का यह बयान भाजपा के लिए मुश्किलें साबित करने वाला हो सकता है भोपाल में लोधी समाज के एक समारोह में उन्होंने कहा मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ भाजपा के लिए वोट मांगने आऊंगी मैं कभी नहीं बोलूंगी तुम लोधी हो बीजेपी को वोट करो मेरी तरफ से आप लोग राजनीतिक बंधन से पूरी तरह से आजाद हो लोधी समाज अपना हित देखते हुए फैसला करे मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ भाजपा को वोट करो नहीं मैं तो सबको कहती हूँ सबको कहती हो कि आप भाजपा को वोट करो क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठा मान सी लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठाबान सिपाही होंगे नहीं आपको अपने आसपास पास के हित देखना है क्योंकि तो आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है और इसलिए मैं ये मान के चलिए की प्यार के बंधन में हम मदे हुए लेकिन राजनीति के बंधन से मेरी तरफ से तो आप पूरी तरह से आजादी है उमा भारती के बयान पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है कांग्रेस प्रवक्ता भूपेन्द्र गुप्ता ने कहा उमा जी का ये भाषण